देखो भाई लास्ट के जो दो बंदे बचे थे उनमें से एक को तो मेरे टीममेट ने मार दिया पर जो ये लास्ट का भाई बंदा बचा था जैसे मैं रोटेशन दे रहा था उसने मुझे यहाँ आते देख लिया तो जैसे मैं यहाँ पे रुकता हूँ जैसे मैं उस पर नेड़ करता हूँ भाई मेरे नेड़ से पहले ही उसका नेड़ आ गया देखो देखो ये जैसे ही मैंने उसपे पर नेट किया लेकिन उसका नेट पहले आ गया तो भाई उसका नेट मेरे सर पे नहीं गिरा थोड़ा दूर गिरा अगर उसका नेड आता तो मैं नॉक हो जाता और हाँ भाई अगर मेरा नेड परफेक्ट होता मतलब मेरे नेट से पहले वो अगर अंदर नहीं जाता ना तो भाई वो पक्का मर जाता और हमारा चिकन हो जाता तो भाई अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और भाई चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो चलो लास्ट में ये क्या होता है उसको पूरा देखो चिकन होगा कि नहीं होगा तो चलो भाई वीडियो देखते हैं Inside the, house, inside the house. Inside the house. Oh, where is he? Enemies ahead. <laughs>